आपके भीतर उपस्थित परिपूर्णतम पर ब्रह्म भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष आप सभी के समक्ष दिनांक 16 जनवरी का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है 16 जनवरी का पंचांग क्या कुछ कहता है तो आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत 2076 हजार छिहत्तर शख सूर्योदय होगा प्रातः सात बजे और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर इकतीस मिनट पर दर्शकों जो आज दिन रहेगा ये रहेगा गुरुवार दिन जी हाँ भगवान विष्णु का दिन रहेगा तिथि जो रहेगी ष्ठी तिथि रहेगी ब्रह्मा वहवर्ष पुराण में भी ष्ठी तिथि के बारे में स्पष्ट उल्लेख आता है कि आज के दिन नीम का दत्वन नहीं करना चाहिए नीम की पत्ती नहीं खानी चाहिए यहाँ तक कि जो करी पत्ता आप लोग जो है डालते हैं दाल में या करी में उसका भी सेवन आज नहीं करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो अगले जन्म में आपको किसी नीच योनी में प्राप्ति होगी हमारा काम था आपका ज्ञान अर्जन करना बाकी आपकी इच्छा दर्शकों कृष्ण पक्ष की षष्टी तिथि रहेगी नक्षत्र रहेगा हस्त चंद्रमा का नक्षत्र करल रहेगा रहे वड़ी जिसके उपरांत और अंतिम करल रहेगा वब योग की बात करें तो आज अतिगंड योग रहेगा सुकर्मा योग रहेगा शुभ काल पर आ जाते हैं अभिजीत पूर्त का समय रहेगा दोपहर तो ग्यारह बजकर चौवन मिनट से बारह बजकर छत्तीस मिनट तक की वही अशुभ समय पर आ जाते हैं तो आज राहु काल रहेगा एक मिनट से दो मिनट तक की राहुकाल में शुभ कार्यो को बिल्कुल भी मत करिएगा चंद्रदेव कन्या राशि में चलायेमान रहेंगे और सूर्यदेव कैपिल कौन, मकर राशि में अपने जो है पुत्र के घर में इनका संचरण हो चुका है दर्शकों गुरुवार दिन और दिशा की बात ना करें तो ऐसा कहा हो सकता है आज दक्षिण दिशा की ओर दिशा रहेगा यदि आपको दक्षिण की ओर जाना हो तो कोशिश कीजिएगा केसर का सेवन कर लीजिएगा चने की दाल का सेवन कर सकते हैं हल्दी का सेवन कर सकते हैं और उसके बाद पहले आप उत्तर दिशा की ओर चार पक चलिएगा फिर दक्षिण की ओर यात्रा करिएगा तो दर्शकों देखिये ये तो था हमारा पंचांग जो कि पांच अंगों से मिलकर के बना था तिथिवार नक्षत्र योग करण। अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर और राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज आपका दिन बेहतर रहेगा आर्थिक स्थिति में आपके आज काफ़ी प्रगति हो सकती है आज ऑफिस में आपकी कार्यकाज की तारीफ होगी जीवन में आज आपके तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आज आपको अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ सकता है आज आपका स्वास्थ्य बेहतर हुआ अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ आज आप लोग कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं किसी तरीके के नए निवेश से आज आपको यहाँ पर बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा फिर आप पीपल के पेड़ पर आज आप आप लोग लोग कोशिश कीजिएगा एक देसी घी का का दीपक जलाइएगा और ओम नमः मंत्र 108 बार जाप करिए शुभ शुभ कलर रहेगा रहेगा पीला अंक रहे वहीं के आज आपका दिन उत्तम रहेगा आज आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से आर्थिक मदद मिल सकती है आज आपसी समझ और प्यार और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी सामाजिक जीवन भी आज हर तरीके से आपका बेहतर बना रहेगा आज आपको अपने घर में जो आपसे बड़े हैं आपके बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद व सहयोग प्राप्त होगा साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आज, आज, आज आपको अपने काम के लिए वाहवाही मिलेगी और अधिकारियों का साथ मिलेगा आज आप खुद को साबित करने के कई मौके मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी काम को सुलझाने के लिए आज आपको कोई नए आइडिया सुलझेंगे आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना होगा शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा का दो जेमिनी मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी सी नरमी बरतने के सितारे सलाह दे रहे हैं धैर्य रखने पर आज आपके रिश्ते मधुर होंगे नियमित रूप से आज आप कोशिश कीजिए कि योग का सहारा लीजिए आपका स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके कुछ कार्यों में अधिक समय लग सकता है आपके कार्य कुछ टल सकते हैं जिससे आपको टेंशन होगी इस टेंशन से आपको बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज किसी की राय आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है यदि आप मिला जुला रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि खिचड़ी गाय को आप लोग खिलाई शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार कर्क राशि के जात को आज आपका दिन अच्छा रहेगा नौकरी पेशा लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है कोई नई नौकरी कोई नया रोजगार प्राप्त हो सकता है आज स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है मेहनत के बल पर आज आपको अपने करियर में सफलता हासिल होती हुई दिखाई पड़ रही है ऑफिस में आज एक साथ कई तरीके से काम हाथ में लेने से आपको तनाव हो सकता है बचिएगा मल्टीटास्किंग रोल में आज आप लोग नजर आएंगे कुछ कामों में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आज आपको नुकसान भी हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग प्रयास ये करिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाए इस मंत्र का एक बार जाप करिए दूसरा आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पीपल के वृक्ष पर जल में हल्दी डालकर के अर्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा जो है आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार सिंह राशि के जात को कई अच्छे और दिव्य लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा बिजनेस में तरक्की आज सामान्य रूप से बनी रहेगी दांपत्य संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई पड़ रही है आज के दिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आज अनुकूलता आती हुई प्रतीत हो रही है आज कोई नया काम यदि शुरू करने जा रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा सिंह राशि के के के जातकों आज आपके आत्मविश्वास में में हो सकती है। मिट्टी बर्तन पंछियों लिए कुछ पानी भर के रखें तो अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा पांच कन्या राशि तो आज आपका दिन शानदार रहेगा जानदार रहेगा और मजेदार रहेगा कोई दोस्त आज आपसे घर पर आपके मिलने आ सकते हैं साथ में आज आप लोग कहीं पर बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं आज आपके अधूरे काम पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बिजनेस में नए एग्रीमेंट नए सौदे हो सकते हैं संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना आज, आज आपकी सफल हो सकती है आज, आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी आपके कारोबार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा यदि आज आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में आज बड़े लाओ के संकेत सितारे दिखा रहे हैं माता पिता का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो शाम के समय तुलसी जी के पास एक तीसी घी का दीपक जलाइएगा शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा दो तुला राशि के जात को बिजनेस में रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है आज आपको किसी विशेष काम में दूसरे लोगों की मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ परिवार के लोग आज, आज आपको हर फैसले के साथ आपके खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे जीवन साथी के साथ भी आज आपके तालमेल बेहतर रहेंगे लेकिन ऑफिस में माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है आज आपकी किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है आज आपको उनका ख्याल रखना चाहिए बड़े बुजुर्गों के आज आपको पैर छू के आशीर्वाद लेना है साथ ही साथ चने से बनी हुई कोई तो वस्तुओं का दान धर्म स्थान पर करना है शुभ पलक रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा दो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो आज का दिन बेहतर रहेगा आज आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग बड़े खुश रहेंगे साथ ही आज, आज आपकी अच्छी छवि निखर करके लोगों के सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है समाज में आज आपको उचित आदर उचित सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑफिस का काम आज समय पर आपका पूरा हो सकता है किसी दोस्त की मदद से आज, आज आपको कुछ निजी काम पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज, आज आपको आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति हो सकती है कुछ मामले में आज आपको अधिकारियों का साथ मिलेगा ट्रैक से हटकर आपका साथ देंगे आज आज के दिन उपाय क्या करना रहेगा तो आज को रहेगा रहेगा एक, धनुराशी। तो तो आप लोग गाय को कोशिश कीजिए एक दर्जन केला शुभ शुभ कलर पीला अंक धनु धनु राशि राशि वालों आज आपका दिन बेहतर रहेगा परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं लंबी दूरी की यात्राओं का योग आज बन रहा है आज आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है आर्थिक रूप से आज आपको धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपके काम में नयापन आता हुआ दिख रहा है आज आपको अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर सु प्राप्त होगा आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके काम की क्षमता बढ़ेगी जिससे कार्य में आज आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है आज आपका दबदबा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में लबमेट एक दूसरे के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो केसर का दान आज आप लोग धर्म स्थान में करिए साथ ही साथ पीले रंग के वस्त्र आज आपको पहनने रहेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक रहेगा एक कैप्रिकॉन मकर राशि वालों आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर रहेगा थोड़ी सी मेहनत से ही आज आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है आज आप जीवन साथी के साथ बाहर डिनर करने का प्लान बना सकते हैं दोनों लोगों के बीच नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा रहेगी बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर आज जा सकते हैं कैरियर से जुड़ा हुआ मकर राशि के जातकों को आज कोई सुनहरा मौका मिल सकता है आपके कामकाज में बड़े बदलाव होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं जो छात्र विदेश में जा कर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके सपने आज साकार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि धर्म स्थान पर सफाई करिए मंदिर में गुड़ का दान करिए समाज में इससे आज आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी शुभ कलर रहेगा ब्लैक शुभ अंक रहेगा तो कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा खुद को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे कार्य क्षेत्र पर साथ ही साथ आज आपके परिवार में सुख शांति बनेगी घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है आज आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और आज, आज आप किसी खास विषय पर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं बच्चों को कहीं पर आप बाहर जा सकते हैं लेकर के घूमने आज आपका कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आज कुछ नई सफलताएं आपके डायरी में जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही साथ अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे ओम ग्राम ग्रीन ग्राम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए सब कुछ बढ़िया होगा शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि वालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं ऑफिस में आज आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आज आप अपनी मेहनत से सफल हो सकते हैं परिवार से जुड़े किसी काम के लिए आज थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रह सकता है कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आज, आज आपको अपने सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है आज आप किसी दोस्त के यहाँ पर जा करके और उनकी कुछ हेल्प करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं धन संपत्ति के मामलों में आज आपको सतर्क रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आज पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करिए और विष्णु सहस नाम का पाठ करिए शुभ कलर रहेगा आपके लिए नीला शुभ अंक रहेगा एक तो दर्शकों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा राशिफल पर आधारित ये वीडियो पसंद आया होगा अपने आशा व विश्वास को ऐसे ही हम पर बनाए रहिए और अपने प्यार व आशीर्वाद से ऐसे ही हमें अभिसिंचित करते रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक रूपी प्रेम देने के लिए आपका हृदय से आभार जल्द ही मिलेंगे आपसे नए व ज्ञानवर्धक विषय के साथ तब तक के लिए सादर प्रणाम